तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं वृषभ राशि के जातकों देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा देखिए देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम और एकादश स्थान के स्वामी है या मालिक कहे जाते हैं अष्टम स्थान जो होता है ये आयु का भाव भी कहा जाता है आठवें भाव को मृत्यु का भाव भी माना जाता है गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में अच्छा नहीं है गुरु का परिवर्तन होने के कारण आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं इसके अलावा आपको इस समय धन के मामलों में भी सतर्कता बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर दर्शकों देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पे बैठे हैं ये दुख का स्थान होता है मृत्यु स्थान होता है आर्थिक संकटों का स्थान होता है इसके अलावा करप्शन का भ्रष्टाचार का भी अष्टम स्थान माना जाता है आकस्मिक धन लाभ का भी माना जाता है कई मामलों में विदेश यात्राओं को भी देखा जाता है आकस्मिक परिवर्तन का होता है उधर के निचले भाग से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनका विचार अष्टम स्थान से किया जाता है तो ये जुपिटर का जो परिवर्तन होगा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको बढ़ाएगा आपका वजन अचानक से बढ़ेगा आपको इस मामले में सतर्कता बरतने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपने बुद्धि का अपने विवेक का खास रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा अन्यथा आपको परेशानी होगी अष्टम स्थान पर बैठा जुबीटर पंचम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है तो इस कारण आपके पास अचानक से खर्चे बढ़ेंगे गुरु के इस परिवर्तन से खर्चों में अधिकता बहुत ज्यादा आएगी कोई महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें आप लोग वहन कर सकते हैं कोई घर वगैरह ले सकते हैं कोई वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं जिसमें बजट आपका असंतुलित हो सकता है कोई लोन इत्यादि भी आप लोग ले सकते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर से आपको जीवन में तमाम नई नई चुनौतियों के लिए सामना करना पड़ेगा इस गोचर काल में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको परहेज करने की सितारे सलाह दे रहे हैं वरना पेट से संबंधी बहुत तगड़ी समस्या मिल सकती है आपके घर में कोई दुखद समाचार आपको मिलने से आपका मन व्यथित हो सकता है अनचाही यात्राएं इस दौरान आपको परेशान करेगी अष्टम स्थान अनचाही यात्राओं का है आपकी मर्जी नहीं होगी लेकिन आप वहां की यात्रा करेंगे आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो धन संचय करने के मामलों में इस पीरियड में दिक्कत आएगी जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए धन संचय नहीं करने देगा अगर आपने किसी से उधार लिया है तो इस अवधि में आपको चुकाना पड़ेगा जिससे आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है आपके मन चाहे परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से धार्मिक कार्यो में देखिए आपकी रुचि बढ़ सकती है दर्शकों अष्टम स्थान पर बैठा देवगुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस में डाल रहे हैं जो सेकंड स्थान होता है कुंडली में ये फिक्स धन का होता है तो आपने जो एफडी वगैरह की होगी जो आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे ये आपके ब्रिक होते हुए दिखाई देते हैं ये होता है जो है फिक्स संपत्ति का कोई संपत्ति भी आपकी बिकती हुई दिखाई दे रही है कुटुम्ब के मामलों में कई लोगों से आपका वाद विवाद हो सकता है इसके अलावा वाड़ी का है तो आप अपनी खुद की वाड़ी से अपनी चीजों को जो है अपने से दूर करते हुए नजर आएंगे कार्य क्षेत्र में भी आपके सहकर्मियों से आपकी बनेगी नहीं इसके अलावा इसके जो है दाएं नेत्र का होता है सेकेंड स्थान जो होता है आपके राइट आई का होता है तो दाहिनी आंख से संबंधित भी कोई दिक्कत आ सकती है वहीं नवम दृष्टि सुख के घर में पड़ने से सुख के संसाधनों में देवगुरु बृहस्पति कुछ वृद्धि कराएंगे इस दौरान आप कोई पुराने मकान को बेचकर नए फ्लैट इत्यादि में निवेश कर सकते हैं कोई भूमि का टुकड़ा इत्यादि आप क्रय कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों कोई नया वाहन भी आप यहां पर क्रय कर सकते हैं तो वृक्ष राशि के जात को आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर से वास्तविक स्थिति के लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के अपना उपाय प्राप्त कर सकते हैं उपाय पर आते हैं कि आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा देखिए उपाय के तौर पर सबसे पहले तो बृहस्पतिवार वाले दिन एक दर्जन आप लोग केला लीजिए नहीं एक दर्जन खरीद सकते हैं छः केले लीजिए उतना भी पैसा नहीं है तीन केले लीजिए लेकिन ये करिएगा जरूर ये बहुत ही आजमाया हुआ दर्शकों प्रयोग है केले को आप लोग छिलके से छील लीजिएगा और उस केले पर आप पीसी हुई हल्दी छिड़क के वापस छिलके के साथ उसको पैक करिए और उन केलों को आपको गाय को खिलाना रहेगा ये पहला उपाय है बहुत ही अच्छा उपाय है दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा एक कीपल का पौधा बृहस्पतवार के दिन कहीं पर जा करके आप रोपित कर दें और उसकी सेवा आप करिए उसको जल आप लोग जा करके दीजिए यदि संभव हो तो केले के वृक्ष में आपको जल में हल्दी और चने की दाल और गुड़ डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करना रहेगा बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र का आपको पाठ करना रहेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको तमाम सकारात्मक परिणाम देवगुरु बृहस्पति देंगे देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का आप 21 बार इक्यावन बार या 108 जो है 108 जीरो एट टाइम्स यथासंभव आप लोग जाप कर सकते हैं गुरु कवच का आप लोग पाठ कर सकते हैं पीले रंग के वस्त्रों का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा किसी ब्राह्मण को कोशिश कीजिएगा माह में एक बार यज्ञ का जान दान जरूर करिए स्टेशनरी से रिलेटेड वस्तुओं का दान आप लोग बृहस्पतवार के दिन कर सकते हैं और जरूरतमंदों को करिएगा किसी बच्चे को देखिए बहुत उपाय हैं आप अपनी कुंडली दिखवा करके तमाम उपाय प्राप्त कर सकते हैं हम बोलते जा रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको बृहस्पतिवार वाले दिन किसी कोशिश कीजिएगा गरीब बच्चों को आप एडोप्ट करिए वो वाला एडोप्ट नहीं किया जीवन भर के लिए उसके जो है शिक्षा का जो एजुकेशन का खर्च होता है आप वहन कर सकते हैं आप स्कूल की फ़ीस चुका सकते हैं आप उनके ट्यूशन की फ़ीस चुका सकते हैं यदि किसी गरीब बच्चे के पास पुस्तकें नहीं हैं कॉपी किताब नहीं है तो आप इन चीज़ों का डोनेट कर सकते हैं दान कर सकते हैं लेकिन गरीब बच्चों को ही करिएगा अब आप पूछेंगे इसका कारण बताइए तो कारण हम आपको सीधा सा बता रहे हैं सपोज़ करिए हम ब्राह्मण हैं हम जो है जुपीटर के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान करिए अब आपने हमको कोई डायरी दे दी पेन दे दिया हमारे पास तो ऑलरेडी तमाम डायरी और पेन रखे हुए हैं तो आप भी देंगे तो वो भी कहीं रखा रहेगा नहीं यूज करेंगे तो आपका जुपिटर कहाँ से स्ट्रांग होगा लेकिन यदि आप किसी गरीब बच्चे को वही डायरी पेन देंगे और वो जब ए बी सी डी काखा गाघा अंगा गा, गा, जोड़ घटा उड़ा भाग करेगा यकीन मानिए दर्शकों आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग करेगा ये आपको प्रयोग करना रहेगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए और दर्शकों हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार